हेलो गाइस कैसे हो सब अच्छे होंगे ये देखो आज आपको डूंगर दिखाते हैं ये डूंगर है ये डूंगर देख लो ये उधर भी डूंगर ही डूंगर है वहाँ पे वहाँ पे ये पूरे डूंगर है देख लो ये गांव है ये जीवन माता का गांव है ये देख लो जीवन माता, माता है जहाँ पे ये भाई साहब चढ़ रहे हैं डूंगर पे डूंगर के ऊपर चढ़ रहे हैं ये देखो इतना ऊंचा डूंगर है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ये इतना नीचे खड्ढा है वहाँ पे देखो कितना नच्छा खड्ढा है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक है सब्सक्राइब कीजिए आगे शेयर कीजिए तो मैं भी ट्राई करके आता हूँ डूंगर पे चढ़ने की पर इतना ऊपर डूंगर है मेरे से तो नहीं चढ़ा जाएगा मैं तो वापस आ रहा हूँ मुझे तो डर भी लग रहा है बहुत ऊंचा है क्या बताओ ऊपर जाके गिर ही जाऊँ इसलिए मैंने तो वापस आ गया नीचे आपका सपोर्ट चाहिए प्यार चाहिए नहीं तो मैं इस आगे नहीं बढ़ सकता आप सपोर्ट करोगे तभी आगे बढ़ सकता हूँ प्लीज़ तो सपोर्ट कीजिए वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए धन्यवाद